जहाँ पर ये अनजान आदमी किसी एक घर का गेट खटखटाता है और बाहर गिरे पर्सों को आंटी को दिखाता है पहले तो आंटी मना करती हैं, लेकिन ये आदमी नहीं मानता है और पर्स के अंदर फोटो दिखाता है आंटी देखकर कर हो जाती हैं, क्योंकि ये पर्स का फोटो उसकी लड़की का ही था फिर ये आदमी बताता है पर्स मुझे बाहर ऐसी मिला था तब जाकर आंटी पर्सो को एक्सेप्ट कर लेती है दोस्तों ये वीडियो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है थैंक्स टू यू अंकल